दे दिला दे तो हेलो गाइस आज हम करने वाले हैं एक बहुत बड़ा चैलेंज कंप्लीट आपने उर्फी जावेद का नाम सुना होगा जिसने भाई साहब फैशन डिजाइनिंग का कचरा कर रखा है मतलब इतनी ड्रेसें बना रखी हैं मतलब पता नहीं है मेरे को किस किस चीज की ड्रेस बना रखी हैं उसमें से एक ड्रेस है इसकी आप देख सकते हैं हमारी भाषा में इसको बोरी बोलते हैं आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं वो कमेंट में बता देना और आज हम इस बोरी की बनाने वाले हैं ड्रेस जिसमें से एक ड्रेस मैं पहनूंगा एक ड्रेस ये पहनेगा और उसके बाद में चैलेंज क्या है वो हम बाद में बताएंगे लेकिन उससे पहले बनाते हैं ड्रेस तो गाइस फाइनली अपना सामान यहां पे लेकर आ चुके हैं और 20 सेकंड के अंदर अपना जो ड्रेस है वो तैयार कर लेंगे 20 सेकंड जब तक 20 सेकंड हम काम कर रहे हैं यानी कि ड्रेस बना रहे हैं तब तक आप भी फ्री मत बैठिएगा वीडियो में अगर मजा आ रहा है तो लाइक कर दीजिए चैनल पर अगर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बनाते हैं ड्रेस क्या करे क्या ना करे ये कैसी मुश्किल आए ये सब क्या देखना पड़ रहा है अच्छा है मैं अंडा हूँ कोई तब बताते हल मेरे भाई वाह क्या सीन है। एक तरफ तो उससे प्यार करे हम कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम कोई तब बताते हल मेरे भाई तो गाइस फाइनली अपनी ड्रेस हो चुकी है तैयार और अब हम करते हैं चैलेंज को कंप्लीट तो प्लीज वेट कौन है ये लोग कहां से आते हैं ओ हो, हो हो नहीं देखा जा रहा यार नहीं देखा जा रहा तो गाइस, फाइनली हमने हमारी ड्रेस पहन ली है वो भी अंडर सेटिंग के साथ और ये इसका थोड़ा ब्लाउज है वो थोड़ा नीचे है इसको ऊपर करो हाँ। तो फाइनली गाइस, अभी हम एकदम रेडी हो चुके हैं और अपना जो आज का चैलेंज है वो हम आपको बताने वाले हैं ये उम्र में छोटा है मैं बड़ा हूं लेकिन भाई साहब चमड़ी दोनों की सेम है चमड़ी में कोई फर्क नहीं है और चैलेंज आज का ये है कि इस ड्रेस को ज्यादा देर तक कौन पहने रख सकता है चौबीस घंटे या बहत्तर घंटे तक कौन पहने रख सकता है और जो पहने रखेगा वो विनर होगा और जो हार गया वो हार गया इट्स फाइनली uh, हम आपको बता देते हैं कि हमारी फीलिंग के बारे में प्लीज मत पूछना कि अभी फीलिंग मतलब कैसी आ रही है भाई साहब क्या बताए मतलब आ, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि मतलब किस तरीके की फीलिंग आ रही है और इसकी फीलिंग के बारे में अगर जानना है तो इससे जरूर पूछ सकते हैं ये फंस हाँ तो अपनी फीलिंग के बारे में बताइए मज़ा आ रहा है मज़ा आ रहा है <laughs> फाइनली हम आपको बता देते हैं हमारे पीछे कुत्ते लग गए थे जिस कारण से ये चैलेंज कम्प्लीट नहीं हो पाया क्योंकि हमारे को कुत्तों ने बहुत भगाया। बगायामरामैन है ये भी हमारे साथ मतलब इसके पीछे भी कुत्ते लग गए थे भाई साहब आज चैलेंज आपको कंप्लीट करके दिखाने वाले थे लेकिन भाई साहब कुछ भी कहिए हम इतना परेशान हो चुके हैं भागते भागते आएगा ना भिड़ो तो चिंता मत कीजिएगा ये वीडियो ये जो चैलेंज है अपना इस वीडियो में अपन नहीं कंप्लीट कर पाए लेकिन नेक्स्ट वीडियो में इस चैलेंज को हम जरूर कम्प्लीट कर लेंगे लेकिन आज इस वीडियो में मतलब हम नहीं कर सकते इसके अभी जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना अब उनको पता नहीं मतलब क्या क्या दिखा ऐसा ताकि वो हमारे पीछे भागने लगे तो पड़ोस में कोई मतलब थे तीन चार कुत्ते तो वो पता नहीं क्या हुआ था उनके वो अचानक से आ गए जिस वजह से हमारा ये सिस्टम खराब हो गया तो भाई मारो मुझे मारो मारो मुझे मारो मारो मुझे नहीं दिखाएंगे गाइज तो बने रहिएगा कैसा लगा मेरा मजाक <laughs> well done, well, well done, <laughs> well done. I got अगर in the London.